डिन्होरी में जल जीवन योजना के ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है ब्लैकलिस्ट किए गए ठेकेदारों पर योजना के काम में लापरवाही करने के आरोप लगे हैं साथ ही जिन्होंने समय पर काम नहीं किया है विभाग ने उनके अनुबंध को भी निरस्त कर दिया है अक्सर सरकारी काम में लापरवाही की खबरें सामने आती रहती है जिनकी वजह से काम पूरा नहीं हो पाता ऐसा ही मामला है जल जीवन मिशन योजना का जहाँ जिन ठेकेदारों को काम दिया गया था उन्होंने उस काम को अच्छे से नहीं किया है जिसकी वजह से योजना का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है और अब जनता को महीनों पानी के लिए इंतजार करना पड़ेगा विभाग ने इस योजना में काम कर रहे लापरवाह ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है साथ ही जिन ठेकेदारों ने समय अवधि के अंदर निर्माण कार्य नहीं किया है उनका अनुबंध भी विभाग ने निरस्त कर दिया है अब वह एक साल तक ठेकेदारी नहीं कर पाएंगे इस मामले आरोप अब पी विभाग के वर्तमान कार्यपालन अधिकारी शिवम सिन्हा ने बताया की लापरवाह ठेकेदारों पर कार्रवाई कर दी गई है कुछ ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को जल जीवन मिशन योजना से पानी के लिए कुछ महीनों इंतजार करना पड़ सकता है विभाग द्वारा जल्द ही जल जीवन मिशन के कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है देखिए अलग चीज होती है और एक अनुबंध निरस्त करना होता है सर तो हम लोगों ने अभी तक 12 अनुबंध निरस्त किए हैं जो जिले में लीडरशिप कर रहा हूँ और हमारे तीन ठेकेदार ऐसे है जो ब्लैक लिस्टेड हो गए हैं उसमें से एक सुशील मिश्रा जो है वो ब्लैक लिस्ट हो गए हैं और दो अन्य जो ठेकेदार है एक मंडला से ब्लैक लिस्ट हुए एक डिंडोरी से मेट्रो टन करके भोपाल का एक ठेकेदार है वो ब्लैक लिस्ट हुआ है इस प्रकार से तीन ठेकेदार ब्लैक लिस्ट हैं है और टोटल पांच ठेकेदारों को हम लोगों ने निरस्त किया है कुल बारह अनुबंध हमने निरस्त किए हैं आज तक वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज आपके